के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं एक बीमारी मुझे ये खानदानी और जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूँ यह बीमारी मुझे ये खानदानी और है प्रदीप भाई बोरिए बैठिए में पानी पीजिये बोरिए बैठिए बोरिए बैठिए में पानी पीजिये हम खलंदर हैं हमारी मेजबानी और है पर हैड़ में पानी पी हम खलंदर हैं हम कलंदर हैं फलर है हमारी धर्म बूढ़े हो गए अलग से कुछ ये राजेश ने बहुत सुनाया निकाल राजेशाना चलाया था हाँ हाँ मुझे याद आया शेर का धर्म बूढ़े हो गए धर्म बूढ़े हो गए बूढ़े हो गए मजहब पुराने हो गए धर्म बूढ़े हो गए मजहब पुराने धर्म बूढ़े हो गए मजहब पुराने हो गए ए तमाशागर तेरे करतब पुराने हो गए धर्म बूढ़े हो गए मजहब तो पुराने हो गए ए तमाशागर तेरे करतब पुराने हो गए आंख मुदे तय किया बचपन से अब तक का सफर करते रहे कर तब पुराने हो गए आखिर तय किया बचपन से अब तक का सफर क्या पता हम कब नए थे कब पुराने वाह तय किया बचपन से अब तक का सफर क्या पता कब नए थे कब पुराने पुराने कब पुराने पुराने हो गए पीछे मेरे काम के बहुत लोग हैं <laughs> मेरे पास की जान जानबूझ के लेके मेरे सामने शरीफ लोग दिखाई दे रहे <laughs> लेकिन अगर आपके साथ आपके लिए कुछ नहीं सुनाऊंगा तो मैं आपके साथ भी जाती करूँगा अब तो ये सत्तर सत्तर साल के हम हो गए लेकिन हम भी किसी जमाने में बीस बाईस क्या पता हम कब नए थे कब पुराने हो गए आज कल छुट्टी के दिन भी घर पड़े रहते हैं आजकल आजकल छुट्टी के दिन भी आजकल छुट्टी के दिन भी घर पड़े रहते हैं हम शाम साहिल तुम समंदर सब आज कल छुट्टी के दिन आज कल छुट्टी के छुट्टी के दिन भी घर पड़े रहते हैं श्याम साहिल तुम समंदर सब पुराने हो गए सुने था आपके उसी पड़ाओ शुक्रिया ना उसी पड़ाव उसी शामियाने वाले हैं उसी, उसी, उसी पड़ाव उसी शामियाने वाले उसी पड़ाव उसी शामियाने वाले हैं नया शजर है मगर फल पुराने, पुराने या, या। उसी पड़ाव उसी शामियाने वाले हैं नया सजर है नया नया सजर है मगर फल पुराने वाले हैं हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं पता पता चला चला है है कि कि मेहमान मेहमान अब मकान में ताला लगाने वाले ऐसी महफिल है कि यहाँ पर मुशायरे के अलावा शायरी भी सुनाई जा सकती है मुझे ऐसा लगाइए और ये ऐसे मौके मेरा खाली पिछले पंद्रह बीस साल में लगभग खत्म हो चुके है। हाँ हैं हम जेब में हाथ लेकिन ऐसे बहुत कम होके आते हैं कि जो शायरी हम करते हैं वो सुनाती भी जाए ये बहुत मुश्किल था काम सब ये जो हर सु इसमें मुझे मालूम है कि कोई दाद वाद मुझे नहीं मिलना नुकसान ही होना है, हो है <laughs> लेकिन यह है कि मैं अपना फर्ज अदा करूं अब मेरा जमीर मेरे साथ है। सब ये ये जो हरसू फलक मंजर खड़े हैं फलक मन जो हरसू सुख हर, ये जो हरसू फलक मंजर खड़े हैं न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं ये जो हर फलक तो हर सु फलक मंजर खड़े हैं न जाने किसके पैरों पर न जाने किसके पैरों पर किसके पैरों पर खड़े हैं तुला है धूप बरसाने शजर भी छतरियां लेकर खड़े तुलाहे धूप बरसाने पे सूरज तुला है धूप बरसाने पे सूरज छतरिया लेकर खड़े हैं साहब सारी शेर इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं शेर की हिफाजत होना चाहिए मैं शेर पंचत इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं सजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं ये समझने का नहीं है, खासकर पीछे वालों के लिए क्या। लेकिन महसूस कर लेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है सुनिए मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं उजाला साहे है एक कमरे के अंदर उजाला फिर सा उजाला साहे एक कमरे के अंदर जमीनों आसमा बाहर खड़े उजाला सा है उजाला साहेब कमरे के अंदर उजाला सा कमरे के कमरे के अंदर जमीनों आसमा बाहर खड़े जमीनों आसमा बाहर खड़े सब तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करती तेरी हर बात मोहब्बत में, हर बात मोहब्बत में, में, में, में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं, खसारा खसारा करके आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चराग को सितारा हो क्या बात है क्या बात है आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद, चंद मिट्टी के चराबों को साहब मैं वो दरिया हूँ मैं वो दरिया हूँ हर बूंद और है मैं वो दरिया हूं भवर है जिसकी तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके मुझसे किनारा करके और मुंतजिर हूं सितारों की जरा आख लगे मुंतजर हूं कि सितारों की जरा जरा आख लगे, लगे। चांद को छत पे बुला दूंगा इशारा करके <laughs> ये भी कोई गैर अदबी शायरी नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी अदबी ही है लेकिन ना जाने क्यों लोगों ने दिया कि ये दिया ये चल रही है, है, बहस आप पर कभी आई था। <laughs> मैं जो ना की ठीक लग रहा है आपको आप थोड़ी देर बाद चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे।, दिखाएंगे तुम्हें और चांद हर छत पे है हर हर छत छत पे पे चांद सूरज है हर एक आंगन में नींद से जागो तो कुछ खाब दिखाएंगे बहुत खूब क्या जागो तो कुछ कुछ दिखाएंगे दिखाएंगे तुम्हें कर कि इसमें नजर लिए ये से पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है नींद से जागो तो कुछ खाब दिखाएंगे तुम्हें पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे ओ। पूछते क्या हो पूछते, पूछते क्या हो कि रुमाल साहब मेरा मेरा मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है ये ठीक ठाक बंदा नहीं पढ़ रहा हो मेरा जमीर <laughs> मेरा जमीर मेरा है बोलता है मेरी जुबान से परवरदिगार मेरा जमीर मेरा दिगार बोलता है मेरी से परवरदिगार परवरदिगार है कुछ और काम उसे याद ही नहीं शायद दी भाई आप पहचान देगा मैं किसकी <laughs> मेरी जुबान से परवर बेकार बोलता है कुछ और काम उसे याद ही नहीं शायद मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है <laughs> क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया याद ही नहीं शायद मगर वो झूठ बहुत बहुत शानदार झूठ बहुत शानदार बोलता है आप कई तरह के खुदाओं की है दुकान यहाँ कई तरह के खुदाओं की है दुकान कई तरह के यहाँ की कब्र, किसी, किसी का मजार बोलता है। कई तरह के खुदाओं की है दुकान यहाँ किसी की कब्र किसी का मजार बोलता आखिर खेल पड़ा अपने छोटे भाई अहमदन मोहन दालिस बहुत प्यारे बहुत मिठास वाले आदमी किसी की लेकिन के है किसी की किसी का बोलता है और खुदा ने उसके लबों पर मिठास खोल दी है खुदा ने उसके लभों पर मिठास मिठास खोल दी है वो बोलता है तो जैसे सितार बोलता है भाई एक बार तो आएंगे आएंगे अच्छा अच्छा